दोस्तों कैसे हैं आप सब आपके लिए फिर एक नया कार्ड में लेके आया हूँ जैसा कि आप सर्च करेंगे हाउ टू क्लोज एच बी आई क्रेडिट कार्ड डॉट इन ठीक है बिना स्पेस के आप सर्च कीजिएगा इसको ये पहला ही आपको वेबसाइट मिल जाएगी वेबसाइट का नाम है हाउ टू क्लोज एच बी आई क्रेडिट कार्ड इस पर आप क्लिक कीजिए और इसके आप होम पेज पे आएंगे होम पेज पे आने के बाद मैंने आपका ये जो नया कार्ड सेलेट किया है प्लेटिनम टाटा क्रोमा क्रेडिट कार्ड ठीक है भाई इस कार्ड में आपको देखिए क्या क्या फीचर मिल जाते हैं इसमें आपको सारी डिटेल दी हुई है इस कार्ड में इस कार्ड के क्या बेनिफिट हैं और क्यों यूज करना चाहिए और किन किन लोगों को यूज करना चाहिए आप इस कार्ड के सारी डिटेल आप इसमें पढ़ सकते हैं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें आपको प्रॉपर एक नई वीडियो आपको इसमें मिलती रहेगी